कौन है तू? यहां क्यों है? तेरी फिल्म का हीरो बनने आया हूं ये बाहर नहीं जाना चाहिए अपन को बंद करेगा। दे बच गए ना पोंगे अबे इधर देखना